कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है जिधर तुम छुपे हो जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है ैया तुम्हें ये के नजर देखना बिदुर भीलनी के जो घर तुम न देखे बिदुर भीलनी के जो घर तुम न देखे तो तुमको हमारा तो तुमको हमारा भी घर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है उबारा था से कर से गिद गज राज को मुबारा थी से करते गिद गज राज को हमें मुन हाथों का हमें मुन हाथों का असर देखना है तुम्हें एक नजर देखना है तुम्हें ये नजर देखना चपकते है। हैं दीर्घ बिंदु तुमसे य कह कर कपकते हैं दीर्घ बिंदु तुमसे ये कहे कर तुम्हें अपनी उल्फत फत में तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें ये नजर देखना अगर तुम हो दिनों के आहो कयाचिक के अगर तुम हो दिनों के आहो कयाचिक के तोयाहो क्या कन्हैया अपना असर देखना है कन्हैया तुम्हें देखे नजर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना जहां तुम छुपे हो जहां तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना तुम्हें नज़र देखना गिर धर आ आगे नाचूंगी मैं गिरधरिया आगे नाचूंगी गिरधरिया आगे नाचूंगी मैं गिरधर आगे नाचूंगी गिरधर में रो साचो प्रीतम गिरधर में साचो प्रीतम सूरत देखे लुभाऊंगी सूरत देखे लुभाऊंगी मैं गिरधर गे नाचूंगी में गिरधरिया नाचूंगी प्रेम प्रीत की बाज गुरु प्रेम प्रीत की बाध गू गुरु सूरत कच् काटूंगी प्रेम पीत के बांध गू गुरु सूरत कच् काटूंगी मैं गिरधर आगे नाचूंगी मैं गिरधर आगे नाचूंगी गिरधर आगे ना चूंगी मैं गिरधर आगे आ गए नाचूंगी लोके लाद पुल की मर जादा लोक लाज पुल की मर जादा जा एक ना नुँंगी लोक लाज की मर जादा जाम कना राखुंगी मै हिर दरिया गे नुंगी मैं हिर दरिया आगे न चुंगी हिर दरिया रे दरिया नाचोंगी नाच नाच प्रिय रच करी झाँ नाच नाच प्रिय रच कर जाऊं प्रेम जाने को जा जाचूंगी प्रेम जाने को जा जाचूँगी मैं फिर दरिया ना नाचूँगी मैं फिर दरिया ना जा मैं फिर दरिया गे मैं के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल रस पीऊंगी मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल रस पीऊंगी मैं गिरधरा गे ना तूंगी मैं गिरधर आगे ना तूंगी गिरिधर मेरो साचो प्रीतम गिरधर मेरो सांचो प्रीतम सूरत देख लुभाऊंगी गिरधर आगे नाचूंगी मैं गिरधर गे नाचूंगी गिरधर में प्रीतम गिरधर में चो प्रीतम सूरत देख लुभाऊंगी सूरत देख लुभाऊंगी मैं फिर डरा गे नाचूंगी मैं फिर डरा गे ना तूंगी मैं फिर डरा गे नाचूंगी मैं फिर डरा गे नाचूंगी मैं श्याम तेरी बंसी बजे धीरे दीर धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे दीर धीरे बजे धीरे दीर धीरे बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बनती बजे धीरे श्याम तेरी बनती बजे धीरे जित मथुरा इित गोकुल नगरी इित मथुरा इत वो नगरी बीच में जमुना बहे धीरे धीरे बहे धीरे धीरे शाम तेरी बंसी बल धीरे धीरे शाम तेरी बंसी बल धीरे धीरे इत मधुमंगल इत श्री दामा इत मधु मंगल इत श्री बीच में कांदा बीच में कांदा चले धीरे धीरे चले धीरे धीरे साम तेरी बनती मरे कन्हैया तेरी बनती बजेगी इत में ललिता इतने विशाखा इतने ललिता इतने विशाखा बीच मराधा धीरे दीर चले धीरे धीरे राम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कन्हया तेरी बनसी बजे धीरे धीरे कदम के डाली पर झूला है कदम के डाली पे कदम के डाली पे झूला परो है राधा मोहने राधा और मोहन झूले वीर धीरे झूले धीर धीरे श्यामी मंदिर धीरे धीरे आए तेरी शरण में हमें सब आए कंधा तेरी शरण में हमें भी दर्शन हो हमें भी दर्शन मिले धीरे दीर धीरे धीरे धीरे मिल धीर धीर बंसी बज धीरे कनै देरी बंती बज धीर धीरे बज धीर धीरे बज धीर धीरे बज धीर धीर ओाम बंती बी जाके जरों के जनकी जन के जरो जन की जन जनक की जनक की लाडली जनक ग की झांके जरो के की जन के की जरो के बैठी बड़े बड़े भूप जोधा एक से अनका जोधा बड़े बड़े भूप जोधा एक से याने का योधा कोई तो कोई तो विचारों सूधी कोई तो विचारों सूधी जनुता तोड़े न की जा बे जनकी जन के की की, जाकी जरो के जन की जनाया पिताजी से यार हमारी जनक सूता रहेगी कु कंवारी पिताजी से यारजी हमारी जनक सूता रहेगी कु जी से यार हमारी जनक सूता रहेगी कु छोड़ो पिताजी छोडो पिताजी की हनु तोरा झी जड़ोगे जनकी जन की झांकी जरो जन की जन क्या की की के बेटी तीन सहखियागे पीछे फूल माला लिए छा दे सहखियागे पाछे फूल माला लिए छाड़े बीच चले बीच चले हैं देखो बीच चले हैं देखो लादली जनक की जनके जरो के बैठे जनक जनकी जन जाके जरो के बैठे तुलसीदास राम और लखन सात कहते हैं तुलसीदास लसीदा राम और लखन सा तोरा है, तो है धनुष जैसे तोरा है धनुष जैसे तोरा है धनुष जैसे तो लकड़ी जरो के जनकी जनक की, की। जरो के जानक जनक जनक जनक की जनक जनक की, जानाका की।, जानाका की। जाके जरो के बटी लडल जन जाके जरो के बेटी लडल जन की झके जरो देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपे न नम तई नम तम तय नमो नम त्वजयंती मंगल काली भद्रकाली कपालनी का दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वदा स्वाहा नमो नमस्त सारी दुनिया से छोकर खाके के मेरी शरण में आ गया मथेरी शरण में आ गया सारी दुनिया से छोकर खाके सारी दुनिया से छोकर खाके के मथेरी शरण में आ गया मां तेरी शरण में आ गया पार करो मेरी नैया माँ पार करो मेरी नैया माँ तेरी शरण में आ गया मैं तेरी शरण में आ गया सारी दुनिया से ठोकरे खा के सारी दुनिया से ठोकरे खा के मा तेरी शरण में आ गया मेरी शरण में माता पिता बंधु भाई कोई न हुए है मैया सहाय माता पिता बंधु और भाई कोई न हुए मैया सहाय अब उधार करो मेरी मैया उधार करो मेरी मैया माँ तेरी शरण में आ गया माँ तेरी शरण में आ गया सारी दुनिया से छोकर सारी दुनिया से छोकर माँ तेरी शरण में आ गया माँ तेरी शरण में आ गया मैं तेरी चरण में चारों तरफ फैला है अंधेरा तेरी कृपा से होता सवेरा चारों तरफ फैला अंधेरा तेरी कृपा कृपात मैया हो तो सवेरा अब कृपा करो मेरी मैया अब कृपा करो मेरी मैया माँ तेरी शरण में आ गया माँ तेरी शरण में आ गया सारी दुनिया से ठोकर दुनिया से छोकर मधेरी करंग में आ गया मथेरी करण में सब हैं बालक तुम्हारे अवगुण न रखो दिल में हमारे हम सब हैं माँ बालक तुम्हारे अवगुण न रखना दिल में हमारे अब राह दिखा दो मेरी मैया राह दिखा दो मेरी मैया मा तेरी शरण में आ गया मा तेरी शरण में आ गया सारी दुनिया से ठोकर काके सारी दुनिया से ठोकर काके मा तेरी शरण में आ गया माँ तेरी शरण में आ गया मा तेरी शरण में आ